सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जा भी धीरा के राम तह भी धीरिए सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जह भी धीरा के राम वही भी धीरिए मुख में हो राम नाम राम से हाथ में मुख में हो राम नाम राम से हाथ में तुम अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में तुम अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में विधि का विधान जा सही जई बी दीरा के रा, वही सिता राम, सिता रा, सिता राम के रा, वही बी धीरा सीताराम सीता राम सीता राम कई रे जैबी दीरा के राम वही बीधी िया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा चिया या भिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा हल या सत्याग सुबह कर्म करते रहिए भलया सत्याग सुबे काम करते रहिए जै भी धीरा खे राम तह भी धीरिये सीताराम सीताराम सीताराम राम कहिए जै भी धीरा खे राम वही भी धीरिये जिंदगी का डोरसों हाथ दिन अनाथ के महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बात दे जिंदगी का डोरसों हाथ दिन अनाथ के महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बात दे महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बस रे धन्यवाद निर्विवा राम राम कहिए जही भी धीरा के राम वही भी धीरे सीताराम सीताराम राम कहिए जही भी धीरा के राम वही भी धीरे आशा कराम जी से दूजया सा छोड़ दे आशा कराम जी से दूजया सा छोड़ दे कराम जी से दूजे नाता तोड़ दे नाता कराम जी से दूजे नाता तोड़ दे साधु संग राम अंग मलिए साधु संग राम रंग अंगजिए जय बी दीरा के राम वही भी सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जय सीता राम करिए जई वही भी सीता राम सीताराम सीता राम कहिए जाही के राम वही भी धीरे जा भी धीरा के राम वही भी धीरे ये